अच्छे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना दोस्तों तजर्बा है हमारा मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है संगे मरमर पर तो हमने अक्सर पैर फिसलते देखा है